कुछ इस तरह से आएगा तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते है कोडिंग करना तो सबसे पहले इसमें हम लोग पैक करेंगे हम लोग इसमें इनपोट टर्टल करते हैं तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फ्रॉम ट इनपोर्ट चार ठीक है अब हम लोग एक और यहाँ पर यूज करेंगे रैंडम, रैंडम का. आप तो रैंडम के बारे में नहीं जानते तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा सबसे अच्छा रहेगा आप जान लीजिएगा आप देखिए कोड को तो ये हम लोग रैंडम का यूज कर लिये हम लोग इसके बाद क्या करेंगे उसके हम लोग पिनअप करते हैं तो पिनअप के लिए हम लोग पिनअप फंक्शन यूज करते हैं नॉर्मली ठीक है गो टू फंक्शन एक्स वाई मेरा एक्स रहेगा और और एक और रहेगा तो ये ये मेरा function हो गया किए तो से तक तो अब आगे हम लोग देखेंगे अब हम लोग फॉर डू पर काम करेंगे ठीक है मैंने आप लोग को दिखाया था लास्ट तो फॉर फॉर हम लोग नाम रखते हैं एच हम लोग रखते हैं और आई इन और जो रखते हैं I हमारा रहेगा रहेगा ठीक है 15 तो हम लोग हम लोग टेन स्पीड वो जो लाइनिंग आता है वो मैं करके दिखाता हूँ ये जो लाइन आएगा इसका स्पीड दे रहे हैं टेन अगर इसका स्पीड कम देंगे तो हम लोग का स्लो काम करेगा ठीक है तो अब हम लोग इस पर क्या करेंगे कम अब इसको हम लोग देंगे राइट तो राइट करने के लिए भैया राइट कर दो आप हमारा को 14 से से 14 से तक, ठीक है? अब लिखेंगे राइट। राइट आरटी यूज़ करते हैं, आरटी। ठीक है आरटी यूज करते हम लोग हमेशा 90 डिग्री पर ये चलेगा तो आरटी का चेक करना आपको क्या होता है यहाँ पर कंट्रोल करकेफ्ट क्लिक, क्लिक. क्लिक तो ये देखिए राइट का लेफ्ट लिखते हैं हम लोग पर चलिए मैं फिर से बताता हूँ अब हम लोग फॉरवर्ड देंगे हंड्रेड हंड्रेड के लिए बस ठीक है फिर हम लोग पेन को डाउन कर देते हैं पेन डाउन कर दिया हम लोग ने और आगे हम लोग क्या करेंगे फिर FD, FD, 150 आ जाओ। ये मैंने सब सारा मैंने सब फॉरवर्ड आपका वो में बना के डाला वो चाहिए आप लोग उसे नहीं आपको पता चल रहा है तो वो आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से ठीक है फिर एफ 150 आता है हमारा तो फिर हम लोग पेन अप करते हैं फिर पेन को उठा ली हम लोग ठीक है पेन को उठा लो फिर उसके बाद आप बैकवर्ड जाइए पर बैकवर्ड तो बैकवर्ड का भी शॉर्टकट होता है तो बैकवर्ड शॉर्टकट के लिए हम लोग बीके लिखते हैं मैं दिखा था आप लोग को देखिए सॉरी बैकवर्ड का बैक लिखते हैं बैकवर्ड का बैक लिखते है तो मैं यहाँ पर बैकवर्ड का पूरा लिख देता हूं, तो जो हम लोग बैकवर्ड लिख दिए वन सिक्सटी आ जाता है वन सिक्सटी आ गया हमारा बैकवर्ड भी अब आ जाता है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं नहीं तो फिर हम लोग shortcut let तो 90 degree forward 20 तो ट्राई किया था यह हमारा रेंज हो गया आपका तो टोटल बनाते हैं तो टोटल के लिए देते हैं पहले तो मैं देता हूँ रूट रूट को देता हूँ तो रूट को दिया टर्टल को पहला टर्टल हम लोग बनाते हैं क्योंकि हम लोग इसमें तीन टर्टल लगा रहे हैं आप लोग चार लगाना होगा चार भी यूज कर सकते है लेकिन मैं तीन टर्टल का लगा रहा हु मैं चाहू तो दो ही टर्टल का लगा रहा कर लेकिन हाँ ये आपका मैं बना रहा हूँ अभी अब टटल को हम लोग कर देते हैं जो तो हमारा वेरिएबल रूड हो है। तो रूड डॉट कलर तो मैंने इसको कलर को तो दिया ग्रीन देता हूँ पहले से ग्रीन दे दिया फिर टटल को सेब देते हैं तो टल का वेरिएबल है, तो फिर से, से, से, से टोटल का टोटल मैंने प्रिंट करके भी आप लोगों को बताया था उस था उस था, वीडियो में अब उसके हम लोग आते हैं पेन अपॉट तो, पेना भैया पेन अप कर लो आप कर लिए पेन उसके बाद आते हैं रूड डॉट गोटू गो टू गो टू में देते हैं हम लोग y इसका। फिर आते हैं r u d ठीक है तो यहां पर हमने अब देखते हैं कि हमारा पहला टटल दिखता है कि नहीं क्या होता यहां है तो यहाँ पर डन लिख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर डन दो नॉर्मल डन लिख दिया हम लोग अब देखते हैं कि हमारा रन कर रहा है कि नहीं पहला तो ये देखिए हमारे कोड में कुछ गड़बड़ हो गया है तो कोई ना देखिए पहला टटल आया विशेष सुधार लेते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या देखना है टोटल आई फिफ्टीन आई एफ फॉरवर्ड तो ये देखिए फॉरवर्ड हंड्रेड हो गया यहाँ पर टेन होगा मे बी क्या कंफर्म ही हूँ मैं हाँ ये देखिए अब हमारा ये सही काम कर रहा है तो ठीक है तो ये पहला टोटल हमारा आ गया है तो पैरा टटल आ गया हमारा तो पैरा टटल दूसरे टर्टल के लिए लोग इसको रेप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से हैं। तो ये देखते हैं तो दोनों का तो नाम सेम नहीं देंगे हम लोग तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं यहाँ पर रूट वन कर देते हैं हम लोग यहाँ पर तो फिर से चेक करते हैं एक बार मैंने मेरा आदत है का। मैं कुछ भी करता हूँ तो बार बार चेक करके ही बनाता हूँ तो ये देखिए हमारे दो टटल आगे लेकिन दो टटल यहाँ पर आया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल सा जगह कर देंगे ठीक है यहाँ पर लिखते हैं तो ये देखिए वो दोनों टर्टल सेम ही पर आए अब अभी तो कम है हाँ। दोनों सेम पोजिशन पर ही आया है तो कोई ना अब लोग आगे देखते हैं कैसे करते हैं इसको भी सॉल्व एक सेकेंड टाइम दे हमें मैप चलिए आगे दिखता तो हम इसको इसको सॉल्व सॉल्व कैसे करेंगे? इसको करने के लिए देखते हैं। यहां पर पर देखिए, तो तो तो आ जाएगा और नेक्स्ट जो भी मैं बनाऊंगा उसके अः टोटल तो भी देखता हूँ तो ये देखिए मैं हाँ ये थोड़ा रस... वेट करने ही पड़ेगा हमें तो ये देखिए यहाँ पर ग्रीन नीचे आ गया है रेड ऊपर है क्योंकि पहले कहीं हम लोग कलर चेंज किए थे रेड तो चलिए थर्ड बनाते हैं तो थर्ड थर्ड को को भी भी करते इसी तरह समलो। थर्ड को भी किया जाए कंट्रोल डी से रेप्लीकेट किया इसे हम लोग देते हैं यहाँ पर टू मैं देख लेता हूँ टू देता हूँ तो तो y-axis 60 दे है? तो तो ये ये ये देखिए अब काम ऐसे करेगा। आ गया पर। तो कलर चेंज कर देता हूँ कलर क्या दू कलर क्या दू आप लोग तो मैं सजेस्ट की ब्लू ये आ गया आप ब्लू, या या ब्लू। तो अब ये हमारा थी टर्टल तो बन गया यहाँ अब हम लोग इसमें रेस कैसे लगवाएंगे तो जो हम लोग पहले यहाँ पर रैंडम मेथड का यूज किए हैं तो चलिए उसको भी अप्लाई करके चेक किया जाए फोर तो, तो यहाँ पर देखते हैं फोर क्या देखते फोर थर्ड रेंज यहां कुछ भी ना देखता हूँ हंड्रेड है रेंज होगा इसका जीरो हंड्रेड तो यहाँ पर हम लोग करेंगे टोटल का जो हम लोग पहले आर यू डॉट डॉट डॉट फॉरवर्ड एवडी और यहाँ पर यूज करेंगे रेडियंट मैं फंक्शन यहाँ पर आ गया हमारा तो इसे चेक करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट क्लिक कीजिए रेडिएंट हमारा क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा तो अब हम लोग आते हैं अपने कोड पर तो उसके लिए हम लोग पर क्या करेंगे तो हमारा रिप्लीटेड कलर का यही रहेगा टू के लिए भी यही रहेगा रहे तो अब देखिए हमारा कोड काम करता है कि नहीं तो ये हमारा लाइन बन रहा है हाँ ये देखिए हमारा काम कर रहा है ये रैंडम मेथड कहीं यूज कर रहा है तो ठीक है तो हमारे इसमें बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड के लिए हम लोग क्या करेंगे पर टोटल डॉट बीजी कलर यूज कर सकते हैं आप बीजी कलर मैं घे देता हूँ रहेगा थोड़ा बैकग्राउंड देखने में तो ये हमारा था almost, almost क्या हो गया है इसमें आप कुछ और अपने कर सकते हैं कि आप अपने पर नाम पुट करवा सकते हैं हैं हैं हैं जैसे क्या क्या पर पर करवा तो नाम पुट करवाने के लिए हम क्या करेंगे वो भी देखते चलिए कि हम लोग t t u r e l में भी लिखते, है? लिखते हैं नॉर्मली आर एस कोडर ही लिखते हैं हम लोग आज आर एस सॉरी कोड तो ये देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा इसका तो ये देखिए हमारे यहाँ पर रहा है, ये लिखा रहा है तो so, पता नहीं चल रहा है कैसे थोड़ा अटपटा लग रहा है तो so, इसको एलाइन सेंटर भी आप यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ अलाइन एलाइन यहाँ पर राइट right देते हैं चलिए तो ये देखिए हमारा सही हो गया और इसको सही करने के लिए आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं वो मैं बता चुका हूँ तो इस वीडियो में इतना ही अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बाय बाय ठीक है